सिर्फ पाँच मिनट रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसके अलावा जब भी बीच में टाइम मिले कहीं पर जा रहे हो मेट्रो में हो यहाँ पर हो खाली टाइम है उस वक्त ये कर सकते हो करना क्या है बड़ा सिंपल और मैं करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ नॉट थेरोटिकल करके मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि इसको करने की वजह से एक्जैक्टली exactly क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा तो क्या करना है बहुत ही सिंपल है एक डीप ब्रेथ ली और अंदर से बोला आई एम फिजिकली एक्टिव और जब ब्रीद आउट करोगे तो एंड मेंटली रिलैक्स्ड सोचो अगर आप फिजिकली एक्टिव रहो और मेंटली रिलैक्स्ड रहो तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो पाने लायक है जो आप नहीं पा सकते कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ भी पाने के लिए कुछ भी समझने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या हैल हो ज्यादातर कभी अपना बॉडी पोस्टर ऑब्जर्व करना हमारा ध्यान तक नहीं होता है हम पता कैसे बैठते जब ऐसे हो गए आप तो क्या एनर्जी आएगी अंदर से और जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो यानी जो भी आपकी पिक स्टेट थी उसको याद कर लो कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई फेज आया होगा आपकी लाइफ में आज से पांच साल पहले दस साल पहले जब आप फिजिकली बिल्कुल फिट थे उस टाइम पर याद करो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे थी ऐसे थी या ऐसे थी कैसी फीलिंग थी उसको याद किया और फिर डीप ब्रेथ के साथ में बोला आई एम फिजिकली एक्टिव तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज वहीं पहुंच जाएगी जहां पे थी पांच साल पहले दस साल पहले अब फिजिकली तो एक्टिव हो गए लेकिन अगर माइंड रिलैक्स ना हो तो ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं स्पेशली इन बच्चों को अगर आप देखो ना सोलह सत्रह साल के फिजिकली पड़ हुए हैं हारमोनल चेंजेस हो रहे हैं ये वो हाथ में गाड़ी आ गई दो सौ की स्पीड पर पकड़ रहे हैं क्योंकि माइंड रेस्टलेस तो दोनों चीजें चाहिए जैसे जागना और सोना तो जब ब्रीद आउट किया तो मेंटली रिलैक्स फिजिकली एक्टिव मेंटली रिलैक्स करोगे अभी दो मिनट के लिए करें आंखें बंद करो लेट्स डू इट। एंड फिजिकली एक्टिव धीरे धीरे खोल सकते कैसा फील हुआ yes, एनर्जी को फील कर पाए yes, क्या हुआ था जो भी स्ट्रेस था ना जो हमने अंदर पकड़ा हुआ था वो एकदम से रिलीज हो गया